है गाइज व्हाट्सअप मैं हुसाह आप देख रहे हैं नाइट गेमर्स यूट्यूब चैनल हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आप अपनी डीजे ज़ीरो स्मार्ट वॉच में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को <laughs> और मेरी मैं जितनी वीडियो आजकल डाल रहा हूँ आप उसमें अच्छा रिएक्शन नहीं कर रहे हैं लाइक नहीं आ रहे मेरी वीडियो में ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे सब्सक्राइब जितने थे उतने के उतने ही सब्सक्राइबर्स हैं तो छोटे भाई के चैनल तो सब्सक्राइब ही करना चाहिए ना आपको वैसे भी मुझे तो लगता है कि आजकल लोग सिर्फ माँ की कसम देने वाले की सब्सक्राइब करते हैं और किसी को नहीं करते मुझे लग रहा और मैं तो कभी आपको माँ की कसम देता नहीं तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करीजिए छोटे भाई का चैनल है ठीक है तो चलिए वीडियो ज़्यादा बकवास ना करते हो चालू करते हैं चलिए देखिए पासवर्ड में डाल दे रहा हूँ जैसे मैंने देखिए पासवर्ड डाल रखा अपने फ़ोन में सॉरी स्मार्ट वॉच में थोड़ा कम कर रहे हैं अब आपको थोड़ा ठीक से दिख रहा होगा देखिए मैं अपना पहले पासवर्ड डाल लेता हूँ सिंपली मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है अब मैं ओके पे दबा दूँगा देखिए डन अनलॉक हो गया मेरी घड़ी अब मैं पहले पूरा सिस्टम लॉकआउट सॉरी रिसेट कर देता हूँ फ़ोन अपनी स्मार्ट वॉच को देखिए रिसेट कैसे किया जाता तो है इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा रिसेट कैसे किया जाता तो है ये देखिए रिस्टोर सेटिंग का ऑप्शन होता है थोड़ा और मैं कम कर देता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको ओके ये देखिए रिस्टोर सेटिंग का ऑप्शन है मैंने वो कितवाया फोन का पासवर्ड मांगेगा ये फोन पासवर्ड मांग रहा है मैं सिंपली पासवर्ड डाल दे रहा हूँ अपना सिंपली जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है ये देखिए अब इस सेटिंग एंड रिस्टार्ट द फोन रिस्टोर सेटिंग्स पूरा लिख के नहीं आ रहा है अब रिस्टार्ट होगा मेरी स्मार्ट वॉच ये स्मार्ट वॉच लेकिन उसमें लिखा था रिस्टोर रिस्टार्ट द फोन देखिए अब पासवर्ड नहीं मांग रहा है तो सिंपली आपको पासवर्ड डालने के लिए क्या करना होगा सेटिंग्स पे जाना है आपको सिक्योरिटी मिलेगी आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना तो आपको फ़ोन सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है यहाँ पर लिखा होगा पासवर्ड फ़ोन लॉक यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड में क्लिक करना है ओल्ड पासवर्ड पे आपको डालना है वन वन टू टू मेरी डिजट जीरो नाइन है उसमें वन वन टू टू होता है आपकी अगर कोई और वॉच है तो उसमें कुछ और पासवर्ड होगा और मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे पास कोई वॉच है नहीं तो आप वन वन टू टू भी डाल के देख सकते हैं तो मैं सिंपली वन वन टू टू डाल देता हूँ वन वन टू टू देखिए मैंने डाल दिया वन वन टू टू तो अब देखे न्यू पासवर्ड अब डालने को कह रहा है तो मैं अपना न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ देखिए जैसे कि मैंने अपना न्यू पासवर्ड डाल दिया है तो मैं ओके मतवाऊँ कन्फर्म न्यू पासवर्ड फिर से एक बार न्यू पासवर्ड डालना है आपको दिखा दे तो मैंने सेवेन टू फोर फोर फाइव ये पासवर्ड डाला है देखिएगा जब मैं ऑन करूँगा तो इसी से खुलेगा पास मेरी घड़ी अब देखिए देखते हैं ऑन है कि ऑफ़ है इसे अब ऑन कर देना है सेवन टू फोर फोर फाइव ओके देखिए फ़ोन लॉक हो गया मेरा स्मार्ट वॉच अब मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने स्विच ऑफ कर दिए आपको बहुत धुंधला दिख रहा होगा तो ब्लर मतलब ब्लर इमेज आ रही होगी इसकी तो छोटे भाई के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करेंगे पैसे आने लगते हैं वरना आप अगर नहीं करेंगे तब भी मैं अच्छा कैमरा ले ही आऊँगा आपको अच्छी क्लियरिटी से दिखाने समझाने के लिए देखिए अब ऑन हुआ अब देखिए मैं सेवन टू फोर फोर फाइव डालूंगा सेवन टू फोर फोर फाइव ओके देखिए मैंने डाला अब देख ओके दबाएंगे तो डन डन हो गया अनलॉक हो गया फ़ोन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए अगर आप मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए तो ये तो मैं बार रट के रखा है तो मेरे मुंह से यही निकलता है लेकिन सब्स छोटे भाई के चैनल है आपकी तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको अगर आपका मन नहीं है अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने का अगर आप मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानते हैं तभी आप नहीं करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अब आज की वीडियो को लेते ही अब मेरे अब